हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इस श्रम कार्य योजना के तहत सालाना 36000 रुपए और महीनों के 3000 रुपए के हिसाब से आप योजना के तहत आप पेंशन पा सकते हो किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसके आपको इसका लाभ मिल सके और किस क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या उम्र सीमा रहेगी इसके तहत ये सब वीडियो के डिटेल में हम बात करने वाले हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए उम्र डिजिटल को मैं ऐसी अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को दोस्तों इसके तहत मैं आज, आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस कार्ड योजना के तहत इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसका लाभ ले सकते हैं तो ये सब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा और करके बताऊंगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अब कि कैसे आप इस श्रम कार्ड योजना के तहत तीन की पेंशन हर महीने ले सकते हैं और साल के छत्तीस इस पेंशन के माध्यम से आप ले सकते हैं सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इस श्रम कार्ड योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है जिसका लिंक है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे आपको चाहे तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं ई श्रम डॉट टाइप करके आप इस वेबसाइट तक सिंपली आ सकते हैं इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है नीचे आप देखोगे दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑन मानधन डॉट इन यानि तीन हजार की जो पेंशन है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑप्शन उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पे सिम क्लिक करोगे इसका होम पेज खुल आ जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का यहाँ पे होम पेज खुल आ जाएगा कृषि एवं किसान मंत्रालय का जहाँ से आप देख सकते हो और उसके बाद जब आप नीचे इस्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको क्लिक हीयर टू अप्लाई नाव का यहाँ पर दिख जाएगा आपका क्लिक हीयर टू अपलाई नाव यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इसके लिए आवेदन करना है ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है ये एक नंबर है और दूसरा यहाँ पे है चौदह नंबर है जो कि इसका टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल करके इस योजना के बारे में और डिटेल ले सकते हो और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ दोस्तों की इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है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 अभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जिनको ई श्रम कार्ड बन गया हुआ है वो सब इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों तो 18 टू 14 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मंथली इनकम आपकी पंद्रह हज़ार रुपये मैक्सिमम होनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर आपकी मंथली इनकम है तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं दूसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कि आप किसी भी अदर मतलब कोई आपका अलग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 तो मैं आपको यहां पे पहले बता देता हूं जो 18 साल जिनका एज है उनको 60 साल तक पेंशन मिलेगा 60 साल होने के बाद और यहां पे आपको अगर आपकी एज 18 साल है तो पचपन रुपये आपको हर महीने यहां पे जमा करना है और पचपन रुपये जो है सरकार यहां पे जमा करेगी और टोटल मिला करके एक रुपये आपको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 जहां से मैंने आपको पहले बताया था कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है यहाँ क्लिक टू अप्लाई। तो क्लिक टू अप्लाई पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे सेल्फ इनरोलमेंट एंड सी एस अगर आपको खुद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे सेल्फ इन पे क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पे सेल्फ इनमेंट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फोन पे ओ आ जाएगा और उसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर और इस श्रम कार्ड का नंबर और बैंक सेविंग आई एफ सी कोड डालने पड़ेंगे जिसके तहत आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा तो इस प्रकार से आप इस श्रम कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं और महीने के तीन हजार रुपए और साल के छत्तीस हज़ार रुपये यहाँ पे पेंशन के रूप में आप ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर आप देख सकते हैं कि किस उम्र वालों के लिए कितना यहाँ पे पैसा जमा करने पड़ेगा तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं ऐसे ही डिजिटल हेल्पफुल कॉन्टेंट इस डिजिटल दुनिया की हेल्पफुल कॉन्टेंट इस चैनल पर डालता रहता हूँ तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ